दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशरफ हुसैन और आज मैं आपको बताने वाला हूं लोंग से होने वाले फ़ायदों के बारे में लौंग आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं भोजन में भी बहुत ज़्यादा लोंग इस्तेमाल होती है हमारे हिंदुस्तान में इवन लौंग वाली चाय भी काफ़ी मशहूर है बट इसके बारे में बहुत बात की जाती है कि लोंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो क्योंकि वाकई लोंग के उतने सारे फायदे होते हैं या फिर बस लोग यूँ ही बात करते हैं लोग तो यहां तक कहते हैं कि नहीं लॉन्ग से जो है ना आप बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स दूर करूंगा और बताऊंगा कि लोंग किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है तो आइए शुरुआत करते हैं एक्चुअल में लोंग जो है वो लॉन्ग ट्री का एक फ्लार बर्ड है जिसको हम बहुत सारे भोजन में व्यंजनों में रेसिपीज में यूज करते आए हैं और इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं यही जिम्मेदार है उतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जो आपके शरीर को मिलते हैं लोंग खाने के बाद अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो एक तो ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है दूसरा ये आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है और साथ ही साथ कैस्ट्रिक अल्सर्स अगर आपको स्टमक के अंदर अल्सर्स है तो उनको हील करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके कुछ दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसके दूसरे बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले हम बात करते हैं कि ये डाइजेस्टिव कैसे है और किस तरीके से ये आपके अल्सर को प्रिवेंट करता है या उसको बढ़ने से रोकता है अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर या स्टमक के अल्सर की शिकायत है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल और पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये माना जाता है कि लौंग और सोनामेन दो ऐसी हर्ब हैं और साथ में लहसुन जिनके अंदर बहुत ही पावरफुल और अच्छी क्वालिटी के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं अब क्योंकि ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है साथ में ये एंटीबैक्टीरियल एंटी और एंटी प्रॉपर्टीज़ के तौर पर भी काम करता है तो बहुत बार आपके जो स्टमक अल्सर हैं या जो गैस्ट्रिक अल्सर हैं वो कुछ इन्फेक्शन के कारण भी होते हैं जिसको एच पायलाई के नाम से जाना जाता है जब आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये वहां पे एक तरीके से एंटीबैक्टीरियल का प्रॉपर्टी का काम करता है एच पायलाई को मारने का या उसके असर को कम करने का, का काम करता है इस तरीके से आपको गैस्ट्रिक अल्सर को कम करने में मदद करता है आपने देखा होगा कि आप जब भी लोंग मुंह में रखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सलाइवा निकलने लगता है और सलाइवा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है तो जब आप लोंग खाते हैं तो आपका सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ जाता है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है भोजन को पचाने में मदद करता है क्योंकि आपके सलाइवा के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कॉन्सोट्रेंट्स भी होते हैं जो इस सलाइवा के साथ मिलकर आपके गेस्ट्रिक अल्सर की जो लेयर है और आपके खाने के बीच की जो लेयर है उन दोनों के बीच में एक लेयर बना लेता है जिससे जब आप कुछ भी स्पाइसी खाते हैं तो आपके गैस्ट्रिक अल्सर को करने से फर्दर बचाता है। तो जिसकी वजह से आपके गेस्ट्रिकल जाता है कम हो जाता है और उसको ही एक स्टडी में यह भी कंपेयर करके देखा कि जो गैस को कम करने वाली या जो अल्सर्स के लिए बहुत सारी आप दवाइयां इस्तेमाल करते हैं पेंटा प्रोजल हो गया आसमो प्रोजल हो गया या रेंडेटेड हो गया जब इस तरह की दवाइयों के अगेंस्ट शब्द लोंग के केमिकल कंपोजिशंस को चेक किया गया कुछ पेशेंट्स के ऊपर एक स्टडी में तो ये पाया गया कि कहीं ना कहीं लोंग के बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम थे इन दवाइयों के मुकाबले जिन लोगों को लोंग दिया गया उनके खाने में या जिस तरीके से हम लो को इस्तेमाल कर सकते हैं हाँ ज्यादा क्वांटिटी में खाना नुकसानदेह हो सकता है तो आप कम क्वांटिटी में लौंग अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको गेस्ट्रिकलर्स नहीं होंगे आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपके मुंह का जो स्मेल या बदबू होती है कई बार लोग को पारिया होता है मुंह से स्मैल आती है उसको भी लोग कम करने में मदद करता है अगर आप रोज एक लोंग मुंह में रख के चबा लेते हैं उसके अलावा लोगों को आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दांत दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी और एनालिटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है इसलिए दांत के दर्द को रिलीफ करने में कम करने में बहुत मदद करता है पहला इलाज वही होता था गाँव देहात में अगर किसी को दांत या दार दर्द हुआ तो उसको लोग दबा दिया जाता था उसके दाँत के दाढ़ के नीचे और उससे उसको, उसको काफी हद तक राहत मिल जाती है तो इसके अंदर ये एक तरह से पेन किलर का एंटी इंफ्लामेटरी के तौर पे भी लोग काम करता है उसके अलावा जो इसके दूसरे बेनिफिट्स हैं ये आपके ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है जिस तरह के सिनामेंट के बेनिफिट होते हैं जो हमने एक वीडियो में पहले बात की है उसी तरह से ये भी आपके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है और आपके हार्ट के लिए लोग काफी हद तक फायदेमंद होता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रोल को डिपोजिट को भी कम करता है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है तो जो आर्टरीज के अंदर है कुछ इन्फ्लामेशन सूजन आती है तो उनको काफी हद तक ये कम करता है और आपको बड़े खतरे से बचा के रखता है और एक जो बड़ा फायदा होता है ये लीवर के लिए बहुत अच्छी दवाई है बहुत सारी आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों में लोंग को सनामेन को लीवर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है तो अगर आप लगातार लोंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आप आपकी ओरल आइजीम को ठीक रख सकते हैं आपका डाइजेशन ठीक होगा हार्ट की कंडीशन ठीक रहेगी ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा तो सोचिए अगर लोंग के इतने सारे फायदे हैं तो आपको क्यों लोंग इस्तेमाल ना करना चाहिए हाँ आपको इसको लिमिट में खाना चाहिए अपने भोजन में आप खा सकते हैं या लोंग को चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं या दूसरे तरीके से आप कोई भी रेसिपी में जब आप इसको यूज़ करते हैं तो इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लें शेयर करें ज़्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंचे और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह की हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किन टॉपिक्स पे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टे सेफ अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी थैंक यू धन्यवाद